होता है मेरे भाई प्यारा अंधेरे में भी होता है भाई <tles> रे भाई साला दोनों भाई, भाई कितना चिनार है रे सा <tles>